ये सजा कैसी मिली दिल लगाने की हाँ भाई ये सजा कैसी मिली दिल लगाने की रो रहे हैं तमन्ना थी मुस्कुराने और अपने दिल का दर्द अपने दिल का दर्द दिखाऊ किसको दर्द भी उसने दिया जो वजह थी मुस्कुराने की